हेलो लिटिल फ्रेंड्स मैं आज ड्राइंग का बेसिक टूल्स के बारे में बात करूंगा देखिए पेंसिल को इस तरह से नुकीला कीजिए शार्पनर से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं आगे की तरफ पेंटेड होगा और पीछे की तरफ मोटा रखना है और इरेजर को इस तरह से घिस के साफ रखना है हमेशा क्योंकि हम लोग जो तो ड्रा करते हैं उसमें कभी कभी डास्ट होने के वजह से वो गंदा लगता है तो हम लोग अभी बेसिक सेप ड्रा करेंगे देखिए बेसिक सेप किस तरह से हम ड्रा कर रहे हैं जैसे मान लीजिए हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो सर्कल ड्रा करने के लिए पहले इस तरह से हाथ को घुमाइए जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब पेंसिल को टच कीजिए हो गया मेरा सर्कल। फिर इसके ऊपर से दोबारा इस तरह से घुमाने का कोशिश कीजिए बार बार इस तरह से घुमाते घुमाते हमसे कम 10 टू 20 मिनट टाइम्स आप इस तरह से घुमाइए उसके बाद ट्रायंगल के बाद स्क्वायर इसमें प्रेशर ज्यादा मत दीजिएगा हम बार बार कर रहे हैं इसलिए थोड़ा डार्क हो रहा है प्रेशर ज़्यादा मत दीजिएगा क्योंकि तो प्रेशर ज़्यादा देने से मिटाते समय गंदा हो जाता है तो पहले आप हल्का हल्का करके ड्रॉ करेंगे तो आपका ड्राइंग रफ करने के लिए सुविधा होगा और अमीरेज़र को साफ करके रखने के लिए वो इसलिए बोल रहे हैं कि हम हमारे इरेजर गंदा रहता है इसके वजह से भी हम लोग ड्राइंग को गंदा कर देते हैं तो लिटिल फ्रेंड्स अभी हम एक आउल ड्रा करेंगे देखिए हम जो अभी टेक्निक बताए हैं इस टेक्निक के थ्रू कितना फ्लो होता है वो आउल और आप लोग को वो कैसा लगता है देखिए टेक्निक में टेक्निक को यूज़ करते हुए वो बहुत जल्दी ड्रा हो जाएगा और स्मूथ भी ड्रा होगा और उसमें फ्लो भी रहेगा देखिए हल को हम किस तरह से उसी टेक्निक के थ्रू ड्रा कर रहे हैं पहले हम एक सर्कल बनाएंगे फिर उसका एक लीफ जैसा बॉडी बनाएंगे फिर उसका विंग्स फिर उसका पूछ और उसका पेड़ ये फ्रेंड्स इसमें हम कितना फ्लो लाइन खींचे हैं जैसे इसका आँख बना रहा है अभी तो फ्रेंड्स मेरा आउल्स का ड्राइंग हो गया और कितना फ्लो है इसमें देख लीजिए लाइनिंग में तो आप सर्कल सर्किल स्क्वायर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी लाइन में इस तरह का फ्लो आ जाएगा और कोई भी ड्राइंग करने के लिए आपको सुविधा हो जाएगा बहुत आसान लगेगा क्योंकि मेन ड्राॅइंग का जो लाइन का फ्लो है वो फ्लो नहीं रहता है अधिकतर तुम लोग के बच्चों लोग के जो बिगेनर्स है उनका उनके लिए हम ये बात बोल रहे हैं जो लाइन में फ्लो रखेगा उसका ड्राॅइंग देखने में अच्छा रहेगा तो शुरू में आप लोग सर्किल टेंगे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद कोई ड्राॅइंग कीजिए तो देखिए आपका लाइन में कितना फ्लो आता है तो मेरा आउल देखिए ये ड्रॉ हो गया फिर अभी इसको कलर करना है कलर भी हम स्ट्रोक के थ्रू करेंगे तो स्ट्रोक किस तरह से दे रहे हैं देखिए हम अभी मीडियम योलो यूज करेंगे तो ये मेरा डीप योलो है ये डीप योलो दे रहे हैं तो इसमें हम इस तरह से स्ट्रोक दे रहे हैं देखिए स्ट्रोक देते समय ये बहुत मोटा है तो इसको थोड़ा घुमाना चाहिए तब जाके बारीक होगा ये जो इतना मोटा कलर है लेकिन फिर भी इससे बारीक स्ट्रोक पड़ रहा है इसके कारण क्या है इसको हम धीरे धीरे घुमाते हैं इतना घुमाने के से इसका जो एक तरफ पॉइंटेड हो जाता है क्योंकि कंटिन्यू एक तरफ से हम घिसेंगे तो वो फ्लैट हो जाता है इसके कारण वहाँ पर मोटा कलर पड़ता है तो आप अगर इसको घुमाते रहेंगे तो आपका कलर मोटा नहीं होगा बारीक बारीक काले को स्ट्रोक होगा तो इसके बॉडी में भी यही कलर करते हैं हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं स्ट्रोक आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन हम इसको घुमा रहे हैं जहां हमको जरूरत पड़ रही है यहां पर थोड़ा तो इरेस करना है लेकिन देखिए गंदा नहीं होगा डी पी से पहला हम टोन या सेटिंग दिए अभी इसके पैर में ग्रे कलर यूज़ करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स इसमें तो ग्रे कलर यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेंड मैं ऑल का पैर का ड्राॅ कलर कर दिए और इसमें थोड़ा हम अभी फास्ट टोन लगाए तो डार्क टोन के लिए अभी हम यहां पर दोबारा कलर करते हैं तो यहां पर थोड़ा डायमेंशन आ जाएगा फिर हम यहां पर ब्राउन कलर यूज कर रहे हैं देखिए कितना मोटा कलर है लेकिन फिर भी हम घुमा घुमा के इसको बारीक कर रहे हैं कलर को घुमाइएगा तो ज़रूर बारीक होगा और यही टेक्निक हमको सिखाना है आपको कि पेस्टल कलर कितना बारीकी से किया जा सकता है देखिए दोस्त यहाँ पर थोड़ा डार्क कलर कर दिए और थोड़ा ऊपर में डार्क कर दिए ध्यान से देखिए इसमें हम टोन क्रिएट कर रहे हैं इस तरह से यहां पर थोड़ा ब्राउन यूज कर रहे हैं और कलर में बहुत साफ सुथरा होना चाहिए ताकि पेंटिंग देखने में खूबसूरत हूँ अभी हम इसमें ऑरेंज यूज़ कर रहे हैं तो ऑरेंज में भी सेम ऐसा ही स्ट्रोक देना है और घुमा घुमा के करना है इससे मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से घुमाना है स्ट्रोक देना है और हल्का हल्का घुमाना है तो यहाँ पर हम देखिए फ्रेंड्स सेकेंड टोन के जगह पे हम ऐसे ऑरेंज कलर यूज़ किए और इसमें थोड़ा ऑरेंज दे रहे हैं अभी हम आँख में कलर करेंगे इसके लिए हम स्काई यूज करेंगे तो ऐसे स्काई कलर यूज कर रहे हैं क्योंकि इतना मोटा कलर है फिर भी हम इसको बारीक घुमा घुमा के कर रहे हैं बारीक हो जाएगा इससे क्या होगा इधर थोड़ा डार्क दे रहे हैं मेरा लाइफ आएगा डायमेंशन भी आएगा पर हम आँख आप अंदर आपका जो गोली है उसको हम ब्राउन करेंगे पहले ब्राउन इसके अंदर भी ब्राउन इसका जो मोट है वो भी ब्राउन और ये थोड़ा सेमी रियलिस्टिक टाइप का है इसलिए इसको हम मैं ज्यादा रियल में नहीं जा रहा है और अभी इसमें हम ब्राउन कलर यूज करेंगे थोड़ा उसके पहले थोड़ा यहाँ पर ऑरेंज यूज कर देते हैं और से बहुत तरह का काम होता है लेकिन अभी हम गिनर्स के लिए हम इस तरह से ही दिखा रहे हैं लेकिन फेस्टल में बहुत अच्छा अच्छा काम होता है बहुत पॉसिबिलिटीज़ है इसमें तो इसमें हम और थोड़ा डार्क ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं डायमेंशन के लिए आपके अंदर इधर भी ये कलर जो है ये पुरुषियन ब्लू है और पुरुषियन से सेन ब्लू और ब्राउन मिलके के एक ब्लैकि टाइप का लाल कलर होता है इसमें हम थोड़ा डार्क चाहते हैं इसलिए थोड़ा ब्लैक जैसे यहाँ पर थोड़ा डार्क हमको लग रहा है कि चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा पुशियन ब्लू यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर भी थोड़ा और उसके बाद हम थोड़ा पिंक कलर यूज़ करेंगे पिंक कलर यहाँ पर थोड़ा देखिए हल्का हल्का करके ये सॉफ्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा और ये जो आउला है बहुत ही क्यूट हमको बनाना है इसलिए लाइट लाइट कलर दे रहे हैं आप लोग चाहे तो, तो दूसरे टाइप का कलर यूज़ करके भी कर सकते हैं इसमें लेकिन वो मार्ज होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए मार्ज और सॉफ्ट नहीं तो कलर के बारे में ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए सॉफ्ट होना और मार्ज होना ये एक दूसरे कलर से मिल मिक्स हो जाएगा तभी अच्छा लगेगा कि फ्रेंड इसमें और थोड़ा सा हम कंट्रास्ट करने के लिए ब्राउन यूज़ करेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं को इसको हमको थोड़ा क्यूट बनाना है सा यहां पर ब्राउनस तो लगभग मेरा आउल कंप्लीट हो गया है अब इसमें हम बैकग्राउंड देंगे और इसका पैर के कुछ डिटेलिंग कर देते हैं पैर में इसमें हल्का फुल्का पेंसिल का यूज कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं मैं थोड़ा डिटेलिंग कर दिए कहीं कहीं पेंसिल का टच दे सकते हैं और तो हर जगह नहीं अभी इसको इनको बैकग्राउंड में कलर करना है हेलो फ्रेंड्स फिर हम कलर कर रहे हैं स्काई कलर थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा पिंकी यूज कर सकते हैं साथ थोड़ा मार्च भी हो जाएगा देखिए दिखाने अच्छा लगा। तो फिर एक पिंक कलर यूज़ कर रहा है हम रहे हैं अभी और हमेशा हम घुमा रहे हैं फ्रेंड्स ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपको कलर स्ट्रोक देके जब करना है तो कलर थोड़ा घुमा घुमा के करना है तभी जा आपका स्ट्रोक बारीक होगा और सॉफ्ट भी लगेगा तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो देख के अगर अच्छा लगे आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए और आपका कलर के बारे में और ड्राइंग के बारे में कोई भी जानकारी हो मतलब जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसमें आप कॉन्टैक्ट कीजिए मैं जरूर आपको हेल्प करूँगा थैंक यू फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो नमस्कार